जय श्री राम राधे राधे हर हर महादेव ओम नम शिवाय हेलो गाइस मेरा नाम सौरभ कुमार है और सौरभ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है और जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो यह है, जय श्रिया राम और इसके आगे के पार्ट सुनिए पहले से जो इससे पहले जो पार्ट नहीं सुना है वो वाला पार्ट जाकर सुन लें उसके बाद ये वाला पार्ट सुने तो आपको पूरा समझ में आएगा ठीक है जब हीरो निकलता है वहाँ से जब जो राजकुमारी रहता है वो <Front room> अपने जादू से हीरो को अपनी जगह से निकाल लेता है ठीक है जब निकाल लेता है तो वो हीरोइन को खोजने के लिए वो निकलता है ठीक है और निकल हीरोइन को खोजने के लिए निकलता है तो, निकल, तो उस, उसको उसके पीछे फिर बिलन लगा देता मतलब गुंडा गुंडा आ जाता है ठीक है तो गुंडा उसको मारने के लिए आ जाता है ठीक है गुंडा आ है उसको मारने के लिए तो हीरो जाता है लड़ने के लिए लेकिन हीरो उससे नहीं लड़ पाता है क्योंकि वो उतना ताकतवर नहीं था जितना वो सोचता था मतलब वो बहुत शक्तिशाली था और हीरो एक साधारण इंसान था तो हीरो के पास एक अंगठी था उसी के सहारे वो कि सबको मारा मतलब सब से लड़कर आगे निकल गया फिर उस उसमें आगे निकल के बाद उसमें एक एक जो एक विलन रहता है उसको पकड़ लेता है और उसको मारता नहीं उसको उससे पूरा सवाल पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है तो वही बुला कर ले आता है हीरो के कि यहाँ पर तो बुला कर ले आता है तो उसे हीरोइन जो जिसको पकड़ के रखा रहता है उसको कैद करके रखा रहता है तो उससे वो मिल लेता है देख लेते हैं तो उसको तो छुड़ाता तो है और जब छुड़ा लेते हैं तो जो हीरोन कैद जो कै क्या, कैद क्या, में रहता है ना तो वो सीधा डायरेक्ट हीरो से आके गले मिल लेता है और हीरो भी मतलब अति हीरो का भी शौक लगता है ये अचानक सीधा गले आकर मुझे कैसे मिलिए क्योंकि मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ और सीधा ये डायरेक्ट मुझसे गले मिला तो फिर वो लड़की आता है और इससे बोलता है कि मैं आपसे मतलब बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे और आप आ गए मुझसे मिलने के लिए तो हीरो को लगता उनकी मतलब परेशान करने के सूच करने के लिए माना करने लेकिन हीरो माना करता है कहते हैं नहीं, नहीं लेकिन हीरो ज़बरदस्ती उसको की करने के लिए हीरोइन ज़बरदस्ती उसको किस करता है मतलब कि बहुत बहुत करता है मतलब कि रोमांटिक वोमांटिक बात बोलता है हीरो ही, जो हीरोइन रहता है वो उसे मतलब तो हीरो सोचता है मैं इसको आया हूँ बचाने इसको यहाँ से निकलना चाहिए तो ये मुझसे ऐसे उल्टे पुलटे बात क्यों कर रहा है तो हीरो हीरो भी थोड़ा देर के सोचता है कि शायद बहुत दिन के बाद मिले हैं ना इसीलिए शायद इसको शायद ये ऐसा लग रहा है तो हीरो भी उसके साथ लग जाता है हीरो भी लग जाता है उसके साथ लगता है उसकी यूज़ करने मतलब कि जब एक दूसरे में जब अति होता है खूब बने से मिल जाता है तो किस यूज़ बने से करने लगता है तो हीरो को मार देता है ठीक है तो हीरोन तो मार देता है मतलब मार दे सबको उसी तरह गिरा जाता है तो मेन हीरोइन नहीं था जो मेन हीरोइन था तो वो तो विलन बिलन थी क्योंकि हीरोइन का रूप पकड़ के आया था वो हीरोइन का रूप भैंस पकड़ के पकड़ के आया था और हीरो का पता नहीं चला और जो हीरोइन था तो उसको पता चल चल गया था ठीक है लेकिन उसको कैद का, मतलब कैद करके रख दिया था किसी और जगह पर और वहाँ पर खुद से वो बिलन था वो रूप पकड़ के हीरोइन का और उसी जगह कैद हो गई थी झूठ मतलब कि ऐसी झूठों पर ठीक है तो वैसे कैद होकर और आगे गए तो तब तो, हीरो तो तो को मार देता है तो उसके बाद तो तो हीरो का गिरा आता है मार देता है छकु और मार के गिरा आता है तो फिर हीरो उठता है ठीक है हीरो उठता है और उस बातें लेने लेने के लिए उठता है लेकिन हीरो को मारता है मतलब बहुत ज़्यादा मारता फिरता है तो हीरोइन को पता चल जाता है हीरोइन ज़बरदस्ती किसी भी तरह किसी तरह करके उसमें से निकल जाता है और हीरोइन आता है उसको बचा लेता है ठीक है और उसको मेन ब... विलन रहता है उसको मारने के लिए बहुत अभी करता है मतलब कि हीरोइन के हीरो ही पे जो अति रहता है शक्ति मतलब अपने एक हथियार रहता है उसमें ब्लड लगा कर और उसको मारेंगे तो मर जाएगा तो वैसा करता है लेकिन उसको मारता है लेकिन वो मरता नहीं है तो अब तो ही हीरोइन -हीरो भागने लगता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो बहुत ताकतवर रहता है दोनों जानवर भागने लगता है तो फिर रास्ते में उसको कोई बावा मिलता है मतलब कोई बा मिलता है तो वो बताता है कि ये ऐसे नहीं मरेगा तो फिर बोलता है फिर वो बोलता है कि वो जो हीरोइन ही ही रहता है वो बोलता है कि ये कैसे मरेगा तो वो बोलता है कि तुम दोनों के एक संतान पैदा करना मतलब एक, एक लड़का पैदा करना होगा तब तो जाकर ये उस लड़के से मरेगा नहीं तो ये ऐसे नहीं मरना मरेगा तो फिर कहता है कि आ, हम दोनों अब कहा कहाँ कहाँ पर जाए और इसको इससे कहती मैं हम दोनों के तो चैन से रहने नहीं देगा आप कहाँ जाए तो बाबा बताता है कि तुम तुम्हें मैं तो एक जगह भेज भेजता हूँ अपना वो कभी नहीं कभी नहीं वो आएगा ठीक है तो बाबा अपने मंत्र से कुछ मं, मंत्र बोलता है और वो पानी मतलब देता है उसको कहता है यह पानी पी लो हाथ में रख देता है पानी पी लेता है दोनों तो जैसे पानी पीता है पानी के सारे वो गायब हो जाता है पानी पीते गायब होता है हीरो रहता है उसी के अंदर आके जाके समा आता है और इसी में दोनों रहता है बहुत परेशान रहता है जो मैंने मिला रहता है बहुत परेशान रहता है ठीक है तो तो नहीं मिलता है ठीक है तो पूरा दुनिया को परेशान कर लेते तो पूरा दुनिया तबाहिला नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आगे कमेंट करें फिर आगे के शो लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें मेरे वीडियो को आगे बढ़ तो तो आगे शेयर करें और जय श्रिया राधे राधे